आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो कि 5 अप्रैल 2022 को जारी हुई है इसमें जो ये लेटर जारी हुआ है ये स्वास्थ्य विभाग में जो महिला कार्यकर्ता के लिए वैकेंसी निकली हुई थी अब हम देखते हैं इस लेटर में क्या बोला गया है उत्तर प्रदेश अधीनश सेवा चयन आयोग पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ बोला गया आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश डेट भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ 5 अप्रैल 2022 को ये लेटर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा मतलब पेट 2021 के उपरांत मुख्य परीक्षा हित विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा दो, दो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2021 हज़ार पेट के अंतर्गत अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एक द्वार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा 8 मई 2022 रविवार को आयोजित किया जाना है आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रारंभिक अहता परीक्षा मतलब पेट 2021 में धनात्मक शून्य से अधिक नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त किया है को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है प्रश्नगत मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने का व मुख्य परीक्षा शुल्क के संबंध में अभ्यर्थी आवेग आयोग के वेबसाइट आयो के, के माध्यम से पृथक यथा समय सूचित किया जाएगा पाँच अप्रैल 2022 मतलब कि स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई थी इसमें जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए थे वह मैक्सिमम जिन कैंडिडेट्स ने पेट पास किया हुआ है उन सभी के लिए इन्होंने बोला हुआ है कौन कौन से कैंडिडेट फाइनल परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन्होंने पेट की मेरिट जारी करी हुई है कि कितने से कितने मार्क्स वाले इसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल्ड हैं जिन कैंडिडेट्स ने पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उनके जीरो मार्क्स से लेकर अधिक हैं शून्य से लेकर अधिक हैं वे सारे कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और वे इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन पेट कंपल्सरी किया गया है पेट वाले ही कैंडिडेट्स परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे और मुझे उम्मीद है यही नियम जो लागू किया जाएगा वो अनुदेशक भर्ती में भी लागू किया जाएगा क्योंकि जब इन्होंने यूपी ट्रिपल एस की भर्ती में स्वास्थ्य विभाग की पहली भर्ती होने जा रही है जिसका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जब इन्होंने पेट में जिस तरीके से मेरिट जारी करी है कि शून्य से अधिक मतलब जिन कैंडिडेट्स ने पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है उनका चाहे एक नंबर आए या शून्य से अधिक मतलब एक दो तीन चार कुछ भी आए एक्स वाई जेड वो सारे कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठ सकते हैं यही कंडीशन मेरे को लगता है अनुद्धेश भर्ती में भी लगने वाली है ये जानकारी थी ये मैंने आपको साझा किया अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो